तो गैस कैसे हैं आई होप अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह अभी एक कंटेंट और है हमारा तो जो आज का हमारा कंटेंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा ही होगा काफ़ी सारी वीडियो मैं फिर भी मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास जियो का एफ़ तीन सौ बीस मॉडल है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो जियो का ये हमारा है एफ़ ये हमारा मॉडल है मैं अभी आपको दिखा दूँगा ये मैं अभी यहाँ पर रख देता हूँ साइड में फ़िलहाल ये हैंगोन लोगों पे है तो हैंगोन लोगों हम कैसे कैसे उसको फार्ट आउट कर सकते हैं हम वहाँ पे बात करने वाले हैं जरूरी नहीं कि आपने सारी चीज़ें देखी मैं यहाँ पे वीडियो के लास्ट एंड में आपको इसका सारा प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि आप इसको क्या क्या प्रोसीजर कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप तो फिलहाल ये फ़ोन अभी गाइस आप देख सकते हो कि अभी स्टक लोगो पे है जियो फ़ोन और यहाँ पे आप देखोगे कि ये लोगो पे कंटिन्यूस है और इसमें हम क्या क्या सोल्यूशंस कर सकते हैं वो सारे सोल्यूशंस की हम बात करते हैं और ये क्यों लोगो पे आता है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में मैंसन करूंगा तो वीडियो को लास्टिंग तो ज़रूर देखेगा तब मैं आपको बताऊँगा लास्ट फाइनली कि सबसे स्टेप वन क्या करना है फिर स्टेप टू क्या करना है सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल ये देख सकते हैं ये लोगों पर ही है और स्टक लोगों पे है और काफ़ी देर से मैंने आपको दिखा दिया कि ये कंटिन्यूस लोगों पे है और चलिए इसका मॉडल मैं दिखा दूं आपको ये यह यही मॉडल है लिखा हुआ है इसके ऊपर नाम वाम भी लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो तो ये तीन सौ बीस आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट इंच तक जरूर देखिएगा तो, तो चलिए फाइनली मैं इसकी बैटरी को रिमूव कर देता हूँ एक बार और इसके मॉडल्स को आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे ये तीन बी है आप यहाँ पर मॉडल ये देखिए F320B. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो को, तो को फ्रेंड तो हम मैं प्लीज फिर से बोल रहा हूँ हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं कि अगर सबसे पहला मेथड यही है कि अगर आपके पास लोगो आता है तो आपको सबसे पहले उसको फ्लैश करना है तो फ्लैशिंग का बहुत ईजी तरीका मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको जिसमें कि आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी तो फ्लैश करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होगी फाइल की तो ये देखिए हमने फाइल डाउनलोड करके रखा हुआ यहाँ पे आप हम देख सकते हो फायरस डॉट सारी चीज़ें हैं बहुत ईजी तरीके से हम फ्लैश करेंगे और अगर फ्लैश से नहीं होता है तो मैं इसको लास्ट टाइम पर बताऊँगा कि क्यों होता है उसका क्या सोल्यून है मैं ये लास्ट इंड में आपको बताने वाला हूं इस तो चलिए वीडियो को कंटिन्यूअस हम स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें तो ये हमारी फाइल हो गई अब टूल की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास अगर टूल यूएम है तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है मेरे पास तो यूएम है तो मैं यूएम ही यूज़ करूंगा फ्रेंड क्योंकि यूएम में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है बहुत इजी है बहुत स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर काम कर पाते हो तो चलिए मैं यूएम को ओपन कर दिया जस्ट ही हमारा यू ओपन हो जाएगा और ये वन क्लिक में फ्लैशिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी गाइज तो चलिए फटाफट करते हैं तो और उसके बाद में फिर से बात कर रहा हूँ अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पे डिवाइस में भी खोल के रखे जिससे हमारा ये पता चलेगा कि पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है तो चलिए ठीक है सेवन पॉइंट थ्री वर्जन है अब हमें यहाँ पे जाना है अगर ये मेथड काम नहीं हुआ तो आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूं तो चलिए यहाँ पे मैंने प्रोग्राम पे गया और यहाँ पे थ्री डॉट पे गया और यहाँ पे हमें सिंपल और सिंपल जाना है जैसे हमारी फाइल डेस्कटॉप पे रखी है तो ये हमारी फाइल है एफ तीन सौ बीस बी अब इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फाइल आ रही है रोक रहा की फाइल आ रही है तो हम अनस्पेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए हमारी फाइल यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है अब सिंपल है, सिंपल है और हमें करना क्या है फ़ोन को आपको कनेक्ट कर देना है तो इसकी जो बूटिंग है फ्रेंड मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ इसकी जो बूट है वो है इसकी स्टार स्टार दबा करके आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है स्टार दबा करके आपको फोन को कनेक्ट करना है तो मैं स्टार दबा करके फोन को कनेक्ट कर रहा हूँ ये मैंने स्टार दबा करके फोन को कनेक्ट कर दिया है साइड में आप देखेंगे हमारा क्यूडी कॉल एच एस यू एस बी क्यू पोर्ट बना चुका है और हमें सिंपल सिंपल हमें यहाँ पे कर देना है फ्लैश पे बटन तो गाइज अगर ये फ्लैशिंग से नहीं होता है तो इसका भी स्टेप है कि आप इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो तो मैं ये लास्ट वीडियो के मेंशन में करने वाला हूँ तब जब ये मैं देखूंगा कि फ्रेंड अगर हमारा ये फर्स्ट मेथड फेल हो जाता है तो हम सेकेंड मेथड क्या यूज़ करते हैं तो ये वही फ़ोन है और आपके सामने हम कर रहे हैं लाइव और देखते हैं कि फ्रेंड क्या प्रॉब्लम आती है सही हो जाता है तो ठीक है नहीं होता है तो कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें तो ये फ्लैश हो रहा है कम्प्लीटली सिस्टम की फ़ाइल राइट हो रही बहुत इजी तरीके से केवल हमने एक फ़ाइल दी और उसको बात कुछ भी नहीं करना पड़ा बहुत ही इजी है अगर आपके पास टूल है नहीं है तो आप क्यू यूज़ कर सकते हैं बाकी हमारे पास ये टूल था तो हमने ये टूल को यूज़ कर लिया गया तो बहुत ही सिंपल तरीके से अभी हमारा ये कम्प्लीटली फ्लैश हो जाएगा तो ये फ्रेंड हैंग ओन लोगो आप में जैसा प्रॉब्लम आपने देखा कि ये फ़ोन हमारा स्टक लोगो पे था अब स्टक लोगो पे था तो इसको कैसे हमने सॉर्ट आउट किए सारी चीज़ें अभी सिस्टम की फाइल राइट हो रही है फिर फाइनली देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है वो सारी चीज़ हमें यहाँ पे आपके सामने करेंगे लाइव तो ये अभी हो गई बूट हो गई कंप्लीट हो गई रिकवरी हो गया ये सारा चीज़ जैसे डाटा कंप्लीटली फ्लैश फ्लैश फ्लैश फ्लैश डन हमारा फिनिश हो चुका है अब मैं आपको फोन की स्क्रीन में दिखाऊंगा कि हमारा ये जॉब डन हुआ कि नहीं हुआ तो चलिए अपने मोबाइल के स्क्रीन में तो देखो मैंने डाटा केवल भी लगा के ही रखा है कोई भी डाटा केवल भी नहीं निकाला है फोन रिस्टार्ट हो चुका है यहाँ पे आप देखोगे कि फार भी रिसेट एफ आारफी भी डन दिखा रहा है इसमें फार तो नहीं लगती है गाइज बाकी ये देखिए अभी बूट हो रहा है फोन हमारा और फिर उसके बाद देखते हैं इज स्टार्टिंग वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डाटा केबल से लगा हुआ है ऐसा नहीं डाटा केबल से आप लगाओ लगा के रखो ये वही फ़ोन है जो कि हमने यहाँ पे दिखाया था कमल सिंह करके जो भी जिनका फ़ोन है ये ये वही मॉडल है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारी चीज़ें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बूट होने में क्योंकि उस टाइम पर जितना लोगों पर टाइम लगा था उतना टाइम नहीं लगना चाहिए अगर हमारा ये मैथड काम हो गया तो उतना टाइम नहीं लगना चाहिए तो देखिए यहीं पर आ करके सेकेंड बूट पर रुक रहा था जियो फ़ोन और यहाँ पे क्योंकि ये प्रॉब्लम उससे भी होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में भी तो ये थोड़ा सा टाइम ये अभी थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि ये सेकेंड बूट में और फाइनली ऑन हमारा हो जाएगा पावर्ड वाई देखते हैं फ्रेंड बस थोड़ा सा जस्ट वेट एंड वॉच ये देखें फ़ोन हमारा कंप्लीटली ऑन हो चुका गाइज ये देख सकते हो तो ये मेथड हमारा ये काम हो गया ये आपका अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर ये सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम नहीं है गाइज़ तो ये सॉफ्टवेयर से कितना भी आप सॉफ्टवेयर कर लो नहीं होगा तो ये सॉफ्टवेयर से एक्चुअल में था जो ये हमारा प्रॉब्लम हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें तो अभी हम यहाँ ये देखिए नेक्स्ट और एक, एक बार क्या मांग रहा है सेटिंग का है ये सारी चीज़ें तो गाइज ये हमारा कम्प्लीटली हो चुका है ये देखिए फाइनली हमारा ये फ़ोन ऑन हो चुका है एप तीन ये वही मॉडल था मैं आपको भी दिखा दूंगा बाकी तो सामने दिख रहा है आपके तो चलिए अगर ये फ्रेंड नहीं होता है तो आप इसमें हम क्या क्या सोल्यूसन कर सकते हैं अगर ये फ्लैशिंग मेथड फेल हो गया तब तो आपको करना क्या है फ्रेंड आप कभी भी ये कब होता है पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप कभी भी इसके माइक पर काम करते हो अगर आपने इसमें माइक पर काम किया और माइक पर काम करने के बाद अगर आपने बाईपास किया कोई दूसरी माइक लगा दी तो ये फ़ोन आपका हैंग और लोगों पर चला जाएगा तो गाइज़ ये आप अगर हैंग ऑन लोगो है तो सबसे पहले फ्लैश करिए और फ्लैश से कंप्लीट नहीं होता है तो सीधा इसके माइक सेक्शन पे जाइए अगर किसी टेक्नीसन ने इसको बाईपास किया हुआ है तो उसको अन बाईपास कर दीजिए और आपका हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आपने देखा कि उसने यूनिवर्सल माइक लगाया हुआ है तो उसको आप रिमूव कर दीजिए उसके बाद फिर चालू करके देखिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिर भी नहीं होता तो एक बार आप उसको फ्लैश कर दीजिएगा चलिए इन तीनों चीज़ों से नहीं होता है तो सीधा इसका सी निकालिए और रिबॉलिंग कर दीजिए तो भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आई होप ये आपको जो जान करके जो भी हमने आपको जानकारी दी है आई हो आप उससे संतुष्ट होंगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच